चतुर कछुआ भूखी लोमड़ी के हाथ एक बार एक कछुआ आ गया लेकिन कछुए की मजबूत ढाल होने की वजह से लोमड़ी उसे खा नहीं पा रही थी कछुए को भी अपनी जान की पड़ी थी वह बोला क्यों नहीं तुम तो कुछ देर के लिए मुझे पानी में डाल देती ताकि मेरी खाल नरम पड़ जाए लोमड़ी ने मन ही मन कहा वाह शिकार खुद ही बता रहा है कि उसे कैसे खाऊँ कहे भी ठीक रहा वह कछुओ को एक नदी के किनारे ले गई और उसे पानी में छोड़ दिया पानी में धीरे धीरे तैरता कछुआ नदी के बीच पहुंच गया और वहीं से चिल्लाकर बोला मुझे उम्मीद है तुम्हारी चतुराई की बातें अब लोग नहीं कहेंगे बोलो तुम चतुर हो या मैं